नमस्कार दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी ही मतलब तरीके के जिसके तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल दो सेकंड का भी काम नहीं है और इसी मतलब दो सेकंड में ही आप करके और अच्छा है अर्निंग कर सकते हैं डेली आप अर्निंग कर सकते हैं आराम से दो सौ और तीन सौ के बीच कर सकते हैं और दो अगर तीन अगर आप डेली करते हैं तो बहुत ही पार्ट टाइम में अगर फुल टाइम में करते हैं तो आप पाँच भी ले सकते हैं तो इसको कैसे करना है आप सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है इस पर क्लिक की तो इस वेबसाइट पर आ जाइएगा आप लिखा है वेलकम टू पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब और ये कुछ इसका बारे में लिखा गया तो आप इसको एक बार रेडी जरूर कर लीजिएगा ऐसे हम बता देते हैं कुछ जो हेडलाइन है और कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जैसे कि आप इसको इसमें का कुछ डिजाइनिंग शेयर करना है जैसे मान लो किसी कंपनी का प्रोस्पेक्ट है और आपको उस पर लगाना है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे कॉइन्स के मतलब कॉइन्स मिलेंगे जैसे सै कॉइन का ये एक रुपये होगा तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा बाकी इसमें रेफरल कोड यहाँ पर कुछ इस तरीके का आएगा डिजाइनिंग कुछ बड़ा इसे हो रहा तो दिखा दे रहे हैं देख लीजिए ये रेफरल कोड ये धासबोर्ड में आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा अपलोड स्क्रीनशॉट शॉट सेव नंबर माय वॉलेट माय वॉलेट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका इसमें वॉलेट जितना में अर्निंग आपका आज का अर्निंग टीम आपने अभी तक कितने लोगों को इसमें जोड़ रखा है आपके माध्यम से लोग आए हैं या नोटिफिकेशन अगर आपको कुछ भी मैसेज मिलेगा तो इसमें मिलेगा कॉन्टैक्ट अगर आपको इस कंपनी से कंटेक्ट करना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इन्फॉर्मेशन और कुछ भी इन्फॉर्मसन अगर मिला है तो आपको यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड कहीं अगर इसको इनवाइट करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए लॉग आउट यहाँ से लॉग आउट कर लीजिएगा तो फिर नीचे ये आते हैं इनवाइट का ये आपको है देख सकते हैं कुछ यहाँ पर रूल्स है आप रूल्स को पढ़ सकते हैं कि इसी रूल्स के हिसाब से पैसे आपको मिलेंगे पैसे आपको इसमें चौबीस घंटे के अंदर अंदर आपके पे अकाउंट में, में मिल जाएँगे आप आई बनाते वक्त आप इसमें याद ध्यान रखें कि आप बना लें जो नंबर पेटीएम का उस सिम से बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत और विदाआउट सिम से बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं तो आप जिसके पास जो है बना लीजिएगा यहाँ पर कस्टमर केयर का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा कोई दिक्कत आता है तो आप इस पर व्हाट्सअप से वाट्सअप वीडियो कॉलिंग कीजिए या फिर व्हाट्सअप से चार्ट कीजिए मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ इसके है जैसे लोग इस तरीके का देखता है मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से लोग देखते हैं आपका कितना लोग व्हाट्सअप देखा बस आपको जली इसमें से से स्क्रीन शॉट है इसको और स्क्रीनशॉट ले लेना ले है डेली जो जितना देखता है और ये स्क्रीनशॉट फिर आपको यहाँ पे भी आ कर अपलोड करना पड़ेंगे वेबसाइट पे यहाँ पर आना पड़ेगा देखिए बता देता हूँ मैं अपलोड स्क्रीन शॉट ये सेव नंबर है तो इस पर नहीं ऊपर वाले पर आइएगा अपलोड स्क्रीन शॉट इस पर क्लिक कीजिएगा जो भी जितना भी स्क्रीन आप लिए हुए हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है और यहाँ पर सेव नंबर आएगा सेव जिस कंपनी नंबर और उसके बाद सेव करके क्लिक आगे बढ़ता जाना है उसके बारे में फिर इस तरीके से है आपको ये भी लगाना है फिर इसको भी स्क्रीन शॉट लेना है आगे लेके बताना चाहता है देखिए तो यहाँ पर जो पेटीएम का पेमेंट करेगा ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि जो पेमेंट होगा हमारा चौबीस घंटे के अंदर हम करेंगे ठीक है और हम दस परसेंट चार्ज लेंगे तो मान जी कि अगर कहीं हम काम करते हैं तो दस परसेंट हमको कर चार्ज कट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है मिल जाएगा पैसा और रेफलर रेफलर रन का इन्होंने मतलब एक और एस बी और तीन हज़ार रुपये पर डे फिंग पेंट्स अगर देखिए अगर आ, ऐसा होता है अगर तीन हज़ार का यहाँ पर एक पैसा हो तो इसी यहाँ पर आपको तीन रुपये कानिंग हो जाता है बिल्कुल इजी तरीके से एग्जांपल पॉइंट के लेवल पॉइंट इतना तो ये आप देख रहे हैं स्पीकल नोटिस कुछ मतलब जो भी एक कंपनी का डिटेल्स किया गया तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा और एक बार टेलीग्राम पर इसी कंपनी का आप टेलीग्राम पर सर्च करके आप इसमें ज्वाइनिंग कर लीजिएगा वहाँ पर कुछ लेटर्स मिलता है तो ये होता है कुछ इस तरीके से और चलिए इस बार हम बैग चलते हैं और इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड पर करना पड़ेगा डाउनलोड ऐप पर डाउनलोड ऐप पर क्लिक कर लीजिएगा इससे पहले कि अभी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया हूँ क्योंकि थोड़ा तो देख रहे हैं कि सिस्टम थोड़ा तो सा अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर तो हम चलते हैं अपने पे में और व्हाट्सएप में देखते हैं एक ग्रुप भी बना हुआ है हम लोगों का तो उसमें कितना अर्निंग है जैसे यहाँ पर वर्क फ्राम होम बता देते आपको यहाँ पर आते हैं वर्क फ्राम होम कहेंगे यहाँ Hmm, पर जो भी होता है डि डि डि डि डिटेल्स आपको मिलता रहता है ग्रुप में तो ये बिल्कुल बढ़िया है अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक जरूर कीजिएगा और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमको जो भी चीज़ आगे पूछना है कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा तब तक के लिए थैंक यू और फिर हम कल एक और वीडियो लेकर आते हैं जो कि अर्निंग रिलेटेड होगा उसको भी आप लोग मिस ना कीजिएगा देखना तब तक के लिए थैंक यू